नेटवर्क भी चला गया था नीचे में हम लोग बहुत परेशान बहुत हेल्पलेस हो गए हैं हम लोग लाइट भी चली गई है पूरे हॉस्टल की पानी भी नहीं है बाथरूम में बिल्कुल पानी भी नहीं आ रही है बाथरूम में और हम खुद से जा भी नहीं सकते हमें सबने बोल रखा है हमें यहाँ पे फालतू में फसाया जा रहा है हमें सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लोग सुमी के बाहर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं पे जगा जगा है वहाँ पे जगह जगह माइंस है ये है वो है हमारी रेलवे ट्रैक बंद है हमारा एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है तो हम किस कैसे जाए और अभी बार? यहाँ से बच्चे निकले हुए थे जिनको गोली मार दी गई यहाँ पे अब कौन मारा गोली हम लोग को नहीं पता लेकिन यहाँ पे बच्चे गए थे खुद से गए थे उनको गोली मार दी गई रास्ते पे हम लोग नहीं जा सकते हम लोग सेफ थे हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे हम लोगों के लिए निकाले यहाँ से नहीं तो हम लोग सब जाएंगे सब मर जाएंगे पे इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्ट हो रही है सब मरेंगे यूक्रेनियन हमें नहीं छोड़ेंगे क्यूँकी पहले भी चीज हो चुकी है दो हजार चौदह में तो प्लीज अगर कुछ कर सकते हो तो जल्दी करिए क्योंकि हमारे पास जितना जल्द हो सके किया जाए जितना जल्द हो सके हम लोग को रेस्क्यू किया जाए नहीं तो हम लोग सब मारे जाए यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। हम लोग लाइट्स ऑफ करके अपना रूटीन डेली जैसे होता है लाइट्स ऑफ करके बैठ कर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे ऑल ऑफ ए सडन 15 मिनट्स पहले ज़ोर से आवाज़ आ रही है तीन चार बार जोर से आवाज़ें आई विंडोज़ के थ्रू बाहर हमने देखा लाइटिंग हो रही थी पूरा आसमान में व्हाइट लाइट्स दिखने को मिल रही थी हमें सारे स्टूडेंट्स डर के भागने लगे रोने लगे हम लोग शिवर कर रहे थे चिल्ला रहे थे कहाँ जाए ऐसे करके क्योंकि तो हम लोग रेडी नहीं थे तभी हमेशा हमें साइरन बचता है तो हमें बोल दिया जाता है नीचे आ जाओ इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार ऑल ऑफ़ और कितने लोग हाथ में शूज लेकर भागकर नीचे आए इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है हमें नहीं पता हमको कितनी देर तक कि यहाँ पे रहना पड़ेगा हमसे दो तीन किलोमीटर दूरी पर ही ब्लास्ट किया गया है पता नहीं है हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे हमारे पेरेंट्स बंकर में बैठ अभी मैं स्टिल एमबेसी को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ बट स्टिल वो लोग कॉल नहीं उठा रहे आज सुबह से मैंने पंद्रह कॉल कर दिए उन्होंने एक कॉल रिसीव नहीं किया है और हमको पता नहीं है हम कैसे रहेंगे और ये कितने दिन तक ऐसी सिचुएशन बन, बनी रहेगी हम अभी भी शिवर कर रहे हैं जो हमने देखा है वो हम नहीं चाहते कोई कोई और देखे कितने बच्चे तो विंडोज में से देख के रोने लगे लिटरली ये सच प्लीज़ इससे ज़्यादा और खराब दिन हमें नहीं देखने प्लीज़ आप कुछ भी कीजिए हमें यहाँ से निकालिए और के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए हम यूक्रेन के शहर सुमी में हैं, अभी तक स्टिल यहीं पे फसे हुए हैं अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है यहाँ से जाने का यहाँ पे हमें हर 45-50 फिफ्टी मिनट्स में सायरन सुनाई दे रहे हमको हर कभी भी बंकरस में जाना पड़ता है और हमारे यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है जैसे ही ये साइरन की आवाज़ वगैरह आती है तो पूरा अफरा तफरी माहौल मत फैल जाता है तो सब स्टूडेंट्स नीचे बंकरस में जाते हैं तो बंकर में कुछ फिक्स नहीं होता किसी भी टाइम रहना पड़ सकता है कभी कभार एक घंटा दो घंटा पूरी पूरी रात भी रहना पड़ सकता है इस वॉर के चलते हमें और हमारे परिवार वालों को आ, हमारी डिग्री हम, की बहुत चिंता है मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और कुछ तीन महीनों में हमें हमारी डिग्री मिलने को थी बट इस वॉर के चलते अब हमें ये चिंता है कि हम ग्रेजुएट होंगे कि नहीं होंगे या पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी यहाँ पर जैसे कि एक हफ्ता हो, हो गया है वॉर को लेके और अभी फूड सप्लाई में बहुत कमी आ रही है और स्पेशली यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि पहली प्रायोरिटी इनके लिए यूक्रेनियनज ही हैं ये लोग यूक्रेनियंस को ज़्यादा फूड सप्लाई कर रहे हैं और फॉरनर्स को इतना नहीं कर रहे अभी और जैसे कि ट्रेन वगैरह का सिस्टम भी हमने देखा है कि मैंने भी आज वीडियोज़ देखी है वगैरह में ट्रेन में भी बच्चों को एंटर एंट्री नहीं दे रहे इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे पहले वो लोकल्स को दे रहे हैं तो अभी ऐसे चलता रहा तो शायद हमें कुछ खाने के लिए भी ना मिले घर वाले हमारे बहुत परेशान हैं इस ये बात को लेकर ये चीज, ये चीज, so, हम लोग को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे आफ्टर डेट यू फ्राम हेयर यहाँ पे ब, वो बचता है साइरन तो हमें अपने बंकर्स में जाना पड़ता है और जब कुछ थोड़ा सेफ लगता है तो उन्हें हमें रूम में भेजा जाता है कि अभी सेफ है बाहर तो आप रूम में जा सकते हैं खाना वगैरह खा सकते हैं दो दिन से तो काफी हो रहा है यहाँ पे हमला काफी बच्चों ने आर्मी को लड़ते हुए भी देखा है रोड्स पे गन शॉट्स फायरिंग हो रही है रोड्स पे और कहीं जगह जल जल चुकी है बॉम ब्लास्ट हुआ है हम है सुमित में रशिया से कम से कम तीस से पचास किलोमीटर दूर हमारा है सुमित हॉस्टल भी हमारे पचास किलोमीटर दूर ही पड़ता है हम इस सुमी में कम से कम हज़ार से बारह सौ स्टूडेंट हैं और अभी बंकर में बैठे हुए हैं सब के सब आप देख सकते हैं ठीक है देख सकते हैं आप बच्चों की क्या हालत है और इंडियंस कम से कम हज़ार से बारह हैं और बारह सौ हैं और टोटल स्टूडेंट्स बंकर्स में अंदाजन पाँच सौ से छः सौ स्टूडेंट्स हैं देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे फंसे हुए हैं यहाँ बंकर्स में सब सोए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पे शेलिंग हो रही है पिछले बहत्तर घंटे में कम से कम पाँच से छः बार शेलिंग हो चुकी है और आज के दिन में कम से कम चार से पाँच बार शेलिंग हो चुकी है देख सकते हैं और फायरिंग भी कंटिन्यू से चल रही है बाहर दहशत का माहौल है बाहर जाने में भी बच्चों को डर लग रहा है खाने की शॉटेज है बहुत ज़्यादा ए में कैश नहीं है और बच्चों के पास कैश भी नहीं है खाने का सामान खरीदने के लिए और यह है दिक्कत और शेलिंग के कारण जो बिल्डिंग्स इतनी काँप रही हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में गिर जाएगी और बार बार हमको शेल्टर में जाना पड़ रहा है कभी बाहर आना पड़ रहा है बच्चे डर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन एवेसी से हमारी ये गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें या सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड करें या फिर हमारे एवेकेशन के लिए कुछ प्लान है वो हमारा कुछ करें ताकि हम थोड़ी सी हमको मिले राहत मिले कि कुछ तो रेस्पॉन्स एटलीस्ट सुमी में फंसे हुए हैं जो कि यहाँ से 40 से पचास किलोमीटर है रशिया बॉर्डर और यहाँ से जाने में 20-25 मिनट लगेगा, और यहाँ से हम लोग जाएंगे हॉस्टल से निकलेंगे चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं कहीं शूट हो जाए कहीं कहीं अटैक हो जाए कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए हमेशा हर हर आधे घंटे हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है यहाँ पे बम हो रही है इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस चर है इस माइनस माइनसरेचर में दो अढ़ाई बाकी, बाकी सौ बच्चे डेढ़ सौ दो सौ बच्चे टोटल हम लोग आठ सौ नौ सौ इंडियन यहाँ पे फंसे हुए हैं हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए हम लोग यहाँ मारे जाएंगे हम मर जाएंगे